नमस्कार स्वागत अभिनंदन दर्शकों वर्ष का तीसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण छब्बीस दिसंबर 2019 को लगेगा ये वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा दर्शकों अब आप लोगों के मन में प्रश्न होगा कि आखिर में वलयाकार सूर्य ग्रहण होता क्या है और कब होता है तो वलयाकार सूर्य ग्रहण उस समय घटित होता है जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिक दूरी पर होते हुए भी पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है इस स्थिति को वलयाकार सूर्य ग्रह कहते हैं और इस कारण चंद्रमा पूरी तरीके से पृथ्वी को अपनी छाया में नहीं ले पाता है वलया मतलब होता है किनारे किनारे जो जो है छल्ले बनते हैं वलयाकार सूर्य ग्रहण में सूर्य के बाहर का जो क्षेत्र होता है ये प्रकाशित होता है और इस घटना को वलयाकार सूर्य ग्रहण कहते हैं जो भारतीय समय अनुसार इस बार का सूर्य ग्रहण लगेगा ये 26 दिसंबर 2019 को लगेगा और इसका जो समय रहेगा ये सुबह आठ बजकर सत्रह मिनट पर लगेगा और दस बजकर सत्तावन मिनट में ये सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाएगा हिंदू वैदिक हिंदू पंचांग के अनुसार या हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार ये सूर्य ग्रहण पौष मास की अमावस्या के दिन मूल नक्षत्र और धनु राशि में दर्शकों लगेगा ग्रहण का सूतक काल सूर्य ग्रहण लगने से 12 घंटे पहले ही लग जाता है ये आप लोगों को पता है तो दर्शकों 12 राशियों पर क्या रहेगा प्रभाव साथ ही साथ क्या क्या आप लोगों को सावधानी रखनी है इन सभी विषयों पर प्रकाश डालेंगे और गर्भवती स्त्रियाँ किस प्रकार से करें अपने संतान की रक्षा ये हमारी आज चर्चा का विषय रहेगा नमस्कार दर्शकों यदि आप नए हैं इस चैनल पर तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए साथ ही साथ बगल में बना बेल आइकन जरूर दबाइए तो जो सूर्य ग्रहण का प्रभाव रहेगा सबसे पहले तो हम जान लेते हैं बारह राशियों पर क्या रहेगा कौन सी राशियों के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं सजग रहने की जरूरत है तथा किन राशियों के लिए ये जो ग्रहण रहेगा वो अच्छा रहेगा तो राशिफल में पहली राशि आती है मेष राशि देखिए मेष राशि के जातकों ये जो ग्रहण है 26 दिसंबर का ग्रहण है ये आपकी परेशानियों को बढ़ाएगा साथ ही साथ किसी अपने से आपको चीटिंग मिल सकती है धोखा मिल सकता है तो आपको सावधान रहने की जरूरत है ये ग्रहण आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा वही वृषभ राशि के जातकों के लिए बताना चाहेंगे कि वाहन चलाते समय आपको काफ़ी ए, सावधानी का परिचय देना पड़ेगा ओवर स्पीड में गाड़ी में चलाइएगा अन्यथा किसी बड़ी दुर्घटना का आप जो है शिकार हो सकते हैं और आर्थिक स्थिति आपकी प्रबल होगी ये जो ग्रह रहेगा धन से रिलेटेड मामले में आपकी विजय दिलाएगा मिथुन राशि के जातकों के लिए व्यापार में नुकसान कराएगा और पति और पत्नी का अलगाव तक करा सकता है ये ग्रहण वहीं कर्क राशि के जातकों आपके शत्रु परास्त होंगे और आपके करियर में उन्नति मिलती हुई दिखाई पड़ रही ये ग्रह आपके लिए अच्छा रहेगा सिंह राशि के जातकों को संतान पक्ष से कष्ट प्राप्त होगा और जहां पर भी ये कार्य करते हैं कार्य स्थल पर तनाव होगा उच्च अधिकारियों से मतभेद होगा वहीं जो कन्या राशि की जातकें हैं जातक या जातिकाएं हैं तो महिला पक्ष से कष्ट हो सकता है तथा आपके कर्जों में बढ़ोतरी हो सकती है तुला राशि लिब्रा वालों के लिए मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी माइग्रेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम उभर सकती है वहीं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये जो ग्रहण रहेगा कोई नए निवेश से आपको नुकसान दिलाएगा हालांकि कोई नए काम की यदि आप शुरुआत करते हैं तो उसमें कुछ हद तक की आप लोग सफल होंगे धनु राशि के जातकों के लिए चूंकि देखिए दर्शकों धनु राशि में ही शनि रहेंगे केतु रहेंगे जुपिटर रहेंगे और सूर्य भी रहेंगे तो सेहत के लिए परेशानी भरा समय रहने वाला है आपके ऊपर कोई ब्लेम लग सकता है आपके मान सम्मान को क्षति पहुंच सकती है और वाहन चलाते समय आपको सावधान रहना होगा मकर राशि के जातकों के लिए खर्चों में बढ़ोतरी होगी पैसा इनका जो फंसा हुआ है वो अभी फिलहाल नहीं मिलेगा और इनका धन जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है वही जो कुंभ राशि के जातक हैं तो इनको रुके हुए धन की वापसी होगी इन्होंने यदि कोई पूर्व में निवेश किया है उससे इनको अच्छा लाभ होगा दूसरा इन्होंने यदि किसी को उधार दिया है तो ये पैसे वापस आ सकते हैं अंतिम राशि पर चलते हैं मीन राशि के जातकों के लिए ग्रह क्या कुछ लेकर के आया है तो मीन राशि के जातको परिवार में कलह होगा मानसिक तनाव में वृद्धि होगी तथा उच्चाधिकारियों के साथ आपके तालमेल अच्छे नहीं बैठेंगे तो अब बढ़ते हैं उपाय की ओर ग्रहण के समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए देखिए दर्शकों बहुत ही कम समय में हमने कोशिश की है कि गागर में सागर भरें और प्लीज़ आप लोग फटाफट इस वीडियो को लाइक कीजिए इस वीडियो को जम करके अपने व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप पे भी शेयर कर सकते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण आप पर्सनली हमसे मिल करके भी करा सकते हैं आपके शहरों में आते रहते हैं तो वहाँ पर भी आप इस अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं तो ग्रहण के समय क्या नहीं करना चाहिए तो सबसे पहले देखिए दर्शकों नकारात्मक ऊर्जा और सूर्य से निकलने वाली जो किरणों का प्रभाव होता है तो ग्रहण के दुष्प्रभावों से बचने के लिए सबसे पहले कुछ आपको सावधानी है और इन कामों को यदि आप कर लेंगे तो अच्छा रहेगा तो सबसे पहले क्या नहीं करना ये भी आप लोग जान लीजिए ग्रहण के समय कभी भी सूर्य देव को नहीं देखना चाहिए तमाम वैज्ञानिक लोग देख रहे हैं तमाम बच्चे देख रहे हैं आ, लेकिन जो शास्त्रों में लिखा है वो हम आपको बता रहे हैं तो ग्रहण के अग्निपुराण में ये चीज इन चीज़ों का वर्णन है तो सूर्य ग्रहण के समय आपको सूर्यदेव को नहीं देखना है ग्रहण के समय सोना नहीं चाहिए ग्रहण के दौरान कुछ भी खाने पीने से परहेज करना चाहिए हालांकि जो गर्भवती स्त्रियाँ होती हैं जो वृद्ध होते हैं और बच्चे होते हैं इनको इस चीज़ से छूट दी गई है वही दर्शकों ग्रहण के समय यात्रा करना शुभ नहीं माना जाता है इस समय कोई भी शुभ कार्य ग्रहण के समय नहीं करना चाहिए शास्त्रों में इनकी मनाई होती है एक बात और बताएंगे कि ग्रहण के दौरान मांस मदिरा का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए नहीं तो यह विष के समान होगी ग्रहण के समय दर्शकों सबसे बड़ी सावधानी यह रखनी चाहिए कि तुलसी के पौधों को छूना नहीं चाहिए तुलसी के पौधों को क्या किसी भी प्रकार के पेड़ पौधों को नहीं छूना चाहिए हम तो ये कहते हैं ग्रहण के समय आप लोगों को क्या क्या करना चाहिए इस पर भी एक दृष्टि डाल लीजिए तो सबसे पहले होता है जप करना ध्यान करना तो ग्रहण के समय यदि आप जप करते हैं मंत्रों का ध्यान करते हैं तो इससे कई गुना फल आपके वृद्धि होते हैं ग्रहण के दौरान घर में कपूर जला सकते हैं ऐसा करने से जो नेगेटिव एनर्जी होती है जो सूर्य का रेडिएशन होता है ये दूर होगा ग्रहण के दौरान सूर्य स्त्रोत का आदित्य हृदय स्त्रोत का या महामृत्युंजय मंत्र का या गायत्री मंत्र का आप लोग जाप कर सकते हैं ग्रहण समाप्त होने के फौरन बाद सबसे पहले तो आप लोगों को स्नान करना चाहिए इसके बाद स्वच्छ भोजन पका करके खाना चाहिए और उसमें तुलसी दल जरूर डालना चाहिए ग्रहण के समय गाय गायों को घास पक्षियों को अन्न और जरूरतमंदों को वस्त्र का दान जरूर करना चाहिए जब ग्रहण का हो जाता है समाप्त हो जाता है तो ये आप कर सकते। इससे कई गुना पुण्य आप लोगों को प्राप्त होगा ऐसा हमारे शास्त्रों में विदित है ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं के लिए क्या क्या ऐसी सावधानी है कि जिनको वो रखें तो आने वाले जो संतान हैं वो अच्छे होंगे योग्य होंगे और उनके ऊपर ग्रहण का कोई कुप्रभाव नहीं पड़ेगा तो गर्भवती महिलाएं आप लोगों के लिए स्पेशली है देखिए सूर्य ग्रहण से होने वाले दुष्प्रभावों को शास्त्रों ने ही नहीं, नहीं बल्कि साइंस ने भी माना ये आप लोग भलीभांति जान लीजिए सूर्य ग्रहण के समय सभी लोगों को कुछ सावधानियां बरतनी होती है लेकिन गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से ग्रहण के दौरान सावधान रहने की आवश्यकता होती है गर्भवती महिलाओं को सबसे पहले तो ग्रहण देखना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी इनकी मनाही होती है सामान्य लोगों को भी वैसे ग्रहण नहीं देखना चाहिए लेकिन यदि आप लोग देख लेते हैं तो कोई बात नहीं लेकिन गर्भवती स्त्रियों को तो बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए अन्यथा आने वाली संतानों के साथ कोई अनहोनी हो सकती है यदि संभव हो तो ग्रहण के समय ना सोएं आप मकान के अंदर अपने टहल सकते हैं लेकिन आप किसी भी प्रकार की रेडिएशन या किसी भी प्रकार की जो है किरणे आप तक की नहीं पहुँचनी चाहिए इसका आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के समय किसी भी प्रकार की क्लिप या जो पिन होती है इसको लगा हुआ वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए जैसे बाल में आप लोग क्लिप लगाती हैं या आलपिन इत्यादि लगाती हैं तो कोई भी क्लिप या पिन ना लगाएं तो बेहतर रहेगा ग्रहण के समय चाहे सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण हो फल सब्जियां या अन्य किसी वस्तुओं को ना काटें बेहतर रहेगा चाकू हो गया या जो जिससे छीला जाता आलू उसको छिलनी बोलते हैं वो हो गई कैची हो गई सुई इत्यादि का प्रयोग गर्भवती महिलाएं बिल्कुल भी ना करें अन्यथा पल रही संतानों का कुछ भी अंग भंग होने की संभावना रहती है ऐसा माना जाता है कि यदि ग्रहण के दौरान आप फल को काटते हैं तो, तो पैदा होने वाली संतान कहना नहीं चाहिए विकलांगता कुछ ना कुछ उनके अंदर आ जाती है गर्भवती महिलाओं को ग्रहण से पहले और ग्रहण के बाद में स्नान अवश्य करना चाहिए ग्रहण के समय स्नान नहीं करना चाहिए ग्रहण के पहले करिए और ग्रहण के बाद में करिए ग्रहण काल के समय गर्भवती महिलाओं को स्वच्छ ताज़ा भोजन खाना चाहिए पका हुआ जो पहले से रखा हुआ भोजन है उसको नहीं करना चाहिए तथा भोजन जब भी वो करेंगी तो तुलसी जी का दल जरूर डाल ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला के कमरे में कपूर जरूर जला दीजिए यदि जो है बिल्कुल डिलीवरी के आखिरी स्टेज है वो नहीं चल पा रही हो तो आप लोगों की जिम्मेदारी है कि कपूर जरूर जलाइए इससे नेगेटिविटी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है ग्रहण के दौरान दर्शकों जो भी गर्भवती स्त्रियां हैं ये संतान गोपाल स्त्रोत का पाठ कर सकती हैं सूर्य स्त्रोत का पाठ कर सकती हैं महामृत्युंजय मंत्र गायत्री मंत्र आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कर सकती हैं ग्रहण के समय गर्भवती महिलाएं अपने पास एक नारियल जरूर रखें कौन सा नारियल रखना है जो जटा वाला नारियल होता है उसको रखना है होगा क्या कि वायुमंडल से निकलने वाली जो भी नेगेटिव रेज होती है ये जो नारियल रहेगा ये आपकी और आपके शिशु की रक्षा करेगा किसी भी प्रकार से हानि नहीं होने देगा और जब ग्रहण खत्म हो जाएगा तो उस नारियल को आप लोग जल प्रवाह किसी के द्वारा करवा सकते हैं ग्रहण के समय अपने गर्भ पर आप लोगों को जो है आपने जो है उसका नाम सुना होगा क्या बोलते हैं कत्थे का तो जो कत्था होता है या कत्था नहीं मिलता है तो जो गेरू मिलता है तो गेरू को जो है गंगा जल में डाल करके उसका लेप बनाइए और अपने गर्भ पर आपको लगाना होगा रेडिएशन आपके गर्भ में नहीं पहुंचेगा एक अंतिम उपाय बताते हैं और बहुत ही अच्छा उपाय है घर के मुख्य द्वार पर जिनके भी घर में गर्भवती महिलाएं हैं तो घर के मुख्य द्वार पर आप अपनी हाइट के बराबर एक धागा लेना है और लगा देना है बस इतना सा छोटा सा आप लोग काम करिए और फिर देखिए कि ये ग्रहण कैसे आपको जो है अच्छे फलों में परिवर्तित होकर के चीजें वापस करेगा डरने की दर्शकों देखिए को कोई बात नहीं होती उपाय ही इसीलिए बने हुए हैं तो आप लोग इन उपायों को करिए उम्मीद करते हैं हमारा ये ग्रहण से संबंधित प्रोग्राम आप लोगों को पसंद आया यदि पसंद आया है तो लाइक तो आप लोग कर ही सकते हैं साथ ही साथ नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए दीजिए इजाज़त मिलते हैं अपने नए वीडियो में तब तक के लिए जय श्री राम